मन में सोचे कपड़ा कर रहे सपूत फूल लेके आने हमारे हाथ में निकला हो कहाँ देख रहा हो कच्ची देख रहा हो तुम्हें बहुत देख रहा हो कहाँ देख रहा हो मैं बहुत कच्ची देख रहा हूँ तुम्हारे हार मैं हार गोरी नारी नंबर बन चोरी जैसी टोरन जैसी, जैसी इनकी मुइया तो अरे केरेन जैसी, जैसी इनकी मुइया पथरन जैसे गगड़ रगड़ रगड़ के चिकने कर रही गोरिया गयी है खाल बोलो सा ये तुम कैसे पता है बताएरी हाँ, हाँ। लगाई साजी नहीं सोफे रहते हमारे बचा रहे बंधु आज, आज रानी, रानी को पटना होगा, होगा। यदि आज रानी नहीं पटी तो अनाथ हो सकता है बंधु हाँ इसीलिए कह रहा हूं जग जाओ भली पट जाओ भली हा इसीलिए कह रहा हूं कि पट जाओ भली पट जाओ भली जा चल चाहो नहीं गली गली पट जाओ पर मैं इन दोनों को पटाने में समर्थ नहीं रहा बंधु तो मुझे मेरे पिताजी धन्य दे सकते हैं, हैं, हैं। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ कि, कि पट जाओ भली पट जाओ भली पट जाओ भली पट जाओ भली चल जाओ नहीं गली गली आप बताइए ये हमारे, हमारे लायक है कि नहीं, नहीं, नहीं है यदि ये ये ऐसा सामान, सामान मिल जाए, जाए तो बंदूक बन्दू छोड़ना नहीं चाहिए जाए जाए जाए जाए जाए हाँ इसीलिए कह रहा हूं कि पट जाओ भली पट जाओ भली चल चल जाओ भली मैं इनको नहीं, नहीं पटा पाया तो मैं फांसी लेके मर जाऊंगा यदि खाली हाथ लौटता हूं तो बाप हमारा मारेगा यदि खाली हाथ लौटता हूं तो बाप हमारा मारेगा दोनों को क्यों नहीं लाए हो सो घर से हमें निकाले